तो हाय मित्रों आप सभी को नमस्कार इस वीडियो में आपको बताएंगे ख़रीफ बाईस तेईस का धान का पंजीन आप लोग रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं उसका स्टेटस कैसे चेक करना है इस वीडियो के माध्यम से आपका पंजीन हुआ कि नहीं तो इस वीडियो के माध्यम से आप जान पाएंगे तो मित्रों सबसे पहले क्या करेंगे चलिए गूगल या क्रोम ब्राउज़र किसी में भी आप यहाँ पर सर्च बॉक्स में जाएँगे और ई उपार्जन करके आप गूगल में टाइप करेंगे तो चलिए आपको हम स्टेप स्टेप बता देते हैं तो ई उपार्जन एम लिखेंगे उसके बाद देखिए कुछ हमारा इस तरह के इंटरफेस ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको देखिए खरीब बाईस तेईस का ऑप्शन आ रहा है दूसरे नंबर पे तो उसको क्लिक कर लेंगे और स्टेप बाय स्टेप आप देखते जाइएगा जब भी समझ में आएगा उसके बाद देखिए किसान सर्च यहाँ पे ऑप्शन आप आएगा आपका अः पंजीयन के नाम से किसान पंजीयन उसके बाद क्लिक कर लेंगे उसको और यहाँ पे सबसे पहले अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे जो भी आपका ज़िला होगा डिस्ट्रिक्ट होगा वो सेलेक्ट कर लेंगे मैं जैसे अपना ढूंढ के आपको दिखा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप देखते जाइएगा तो देखिए यहाँ पे मेरा सतना है मैं सतना अपना कर लिया हूँ उसके बाद देखिए किसान कोड मोबाइल नंबर समग्र आई डी चेक कर सकते हो तो मैं अपने मोबाइल नंबर से चेक कर ले रहा हूँ जो भी आप पंजीयन के समय मोबाइल नंबर दिए होंगे वो भी कर लीजिएगा तो यहाँ पे देखिए कैप्चर कोड दिया गया है उसके बाद यहाँ पे किसान सर्च का ऑप्शन आएगा आपको तो उसको क्लिक कर देंगे नीचे और देखिए उसके बाद पूरा जानकारी ओपन हो जाएगी आपका नाम पिता का नाम समग्र आई बैंक अकाउंट आई कोड जो भी आपका जितने भी खसरा नंबर पंजीयन होगा रकबा पूरा आ जाएगा आ, तो इस तरह से आप स्टेप बाई स्टेप कर सकते हैं देख के वीडियो के माध्यम से और मित्रों अभी स्लॉट बुकिंग भी आ, करनी होगी सभी को तो उसके लिए आ, मैं जैसे ही स्लॉट बुकिंग का चालू होगा मैं सबसे पहले वीडियो अपलोड कर दूंगा तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले आप स्लॉट बुकिंग कर सकें और ये वीडियो अपने मित्रों को जरूर से शेयर कर दें भेज दें ताकि उनको भी पता चल सके कि कैसे ये पंजीयन का स्टेटस चेक करना है तो चलिए एक नई जानकारी के साथ अगले वीडियो मिलते हैं जब तक के लिए आप सभी को नमस्कार जय हिंद जय भारत जय किसान